नमस्कार मैं आप सभी मिथुन राशि के दर्शकों का स्वागत करता हूं प्रेम राशि फल के इस श्रृंखला में मिथुन राशि के जातको वर्षफल दो हजार बीस प्रेम के मामलों में आपके लिए कितना सक्सेस लेकर के आया है क्या अभी तक आप सिंगल हैं तो 2020 में क्या आपके साथ कोई नए रिलेशन जो है बनने के योग दिखा रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों ये भी बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते चले आ रहे हैं तो क्या इस वर्ष आपको विवाह में बंधन के बंधने के योग है कि नहीं है साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा पार्टनर के साथ आपके क्या कुछ रिलेशन रहेंगे तो इन्हीं सब आधार पर हमने ये प्रेम राशिफल 2020 मिथुन राशि का तैयार किया है दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं साथ ही साथ यदि अभी आप नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए हमारे दैनिक राशिफल में हमसे करके प्रश्नों का उत्तर आप उस तो को कहते हैं तो उसके स्वामी बुद्ध और सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं आपके गुरु एक साथ आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य शनि व केतु के साथ विराजमान है नौ वर्ष में पंचम भाव के स्वामी शुक्र वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं जिसमें दर्शकों ये होगा कि आपकी जो लव लाइफ है रोमांटिक लाइफ चली आ रही है इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल जो है मिल सकते हैं आपको अपने पार्टनर की सेहत का विशेष रूप से ध्यान देने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं अष्टम स्थान जो होता है ये आपकी हेल्थ का भी होता है मिथुन राशि के जातकों इस वर्ष निर्णय लेने के मामले में आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे संभव है बहुत हद तक कि लव पार जो है आपके जो लाइफ पार्टनर हैं इनको लेकर के आपको मन में किसी भी तरीके की दुविधा ना हो आपकी राशि के स्वामी बुद्ध साल 2020 की शुरुआत में सप्तम भाव में होने से आपकी राशि को पूरा पूरा ये सहयोग देंगे साथ ही शुक्र के अष्टम भाव में होने से लाइफ पार्टनर की सेहत के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा इस समय अपने साथी के साथ समय व्यतीत करके उनके प्रति आप अपना प्यार जता सकते हैं और अपने रिश्ते को अधिक जो है मधुर और विश्वासपूर्ण बना सकते हैं दर्शकों सप्तम भाव में जहाँ पर बुद्ध गुरु सूर्य और केतु शनि का एक साथ जो स्टार्टिंग में है जनवरी माह में आपकी पर्सनल लाइफ में भावनात्मक रूप से आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी तो बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन में भी रख सकता है मिथुन राशि के जात को अपने ईगो पर आपको कंट्रोल रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं ईगो पर यदि कंट्रोल रखते हैं तो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ठीक रहेगी इन पंचग्रही योगों की जो युति बन रही सप्तम भाव में तो अविवाहित जातकों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा जो जातक लंबे समय से अपने रिश्तों में किसी तरीके की बाधा का सामना कर रहे थे या जिनके घरवाले नहीं मान रहे थे तो इस वर्ष विवाह के बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हैं विवाह का जो चेहरा है ये इनके सर पर चढ़ेगा इस वर्ष ऐसा कुछ होगा कि चट मंगनी पट ब्याह के योग भी देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं तो दर्शकों देरी किस बात की दूसरा एक बात बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि जो होती है ये करोड़ों लोगों की होती है आपके अपनी कुंडली क्या कहती है अपने ग्रह नक्षत्र सितारे क्या कहते हैं आपका कहीं पंचमेश तो पीड़ित नहीं है आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड तो पीड़ित नहीं है डी चार्ट आपका क्या कह रहा है आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अं क्या कह रही योगनी दशा क्या कह रही है तो यदि आपको भी आपके लव लाइफ में बाधा आ रही है या जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण और अपने पार्टनर की कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं पर्सनली मिलकर करके भी करवा सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से भी करवा सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए दर्शकों मई माह में लगभग जुपीटर वक्री हो जाएंगे जिसके जो है द्वारा आपको कुछ जो है नए रास्ते और मिलेंगे जो जा सिंगल रहेंगे उनको अपना पार्टनर इस वर्ष मिले नए प्रेम जातकों को संभल कर रहने की थोड़ा सा सितारे दे रहे। जिन जातकों के आपसे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है उनके विवाह से इतर संबंध बनने की संभावना रहेगी मतलब आपकी शादी हो चुकी है तो किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ आपके संबंध जरूर रहेंगे यदि आप आ, महिला हैं तो पुरुष के साथ और यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ आपके संबंध अच्छे रह मतलब बनेंगे और जो कि दांपत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि पोलपट्टी आपकी खुल सकती है राज की बात आपकी खुल सकती है तो दांपत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण बन जाएगा जून महीने के अंत में गुरु वक्री अवस्था में ही धनु राशि में चले आएंगे जिसके पश्चात कामकाजी कारणों से जो जातक अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं बड़े बुजुर्गों व दोस्तों की मध्यस्थता से आपसी मसलों को सुलझाने की ओर आप लोग कदम बढ़ा सकते हैं यदि बुजुर्गों का साथ लेंगे तो आपको कोई जो है मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी एक बात और बताना चाहते हैं मिथुन राशि के जातकों कि सितंबर में बृहस्पति मार्गी होंगे तो अविवाहित जातकों के लिए अच्छा समय देखिए रहेगा इनके घर में सहनाई गुंस सकती है हालांकि यहाँ भी आपको निर्णय जो है सोच समझकर लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं सितंबर में ही चूंकि राहु और केतु का मेजर ट्रांजिट हो रहा परिवर्तन हो रहा है जिससे आपके सप्तम भाव से निकल करके छठे घर में प्रवेश करेंगे या भी आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए शुभ समय की शुरुआत की जो है कही जा सकती है तो कुल मिला करके यदि हम बात करें तो रोमांटिक लाइफ के लिए मिथुन राशि के जात भरा रहेगा मध्यम रहेगा लेकिन आप लोग यदि सही रास्ते पर चले तब मान लीजिए आपका विवाह हो गया है दो स्त्रियों तीन स्त्रियों के साथ आपके संबंध है तो यह गलत बात है अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करना यह कहीं से भी जो है अच्छा नहीं होता धर्म के मार्ग पर चलिए जब भी आप धर्म के मार्ग से हटेंगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा क्यों क्योंकि धर्म एवं हतोहंती धर्म और अच्छती रक्षिता जब धर्म की हानि होती है तो धर्म आपकी हानि करेगा मंत्रों के द्वारा आप लोगों का विवाह हुआ है उस विवाह की इज्जत करिए उस विवाह का आप लोग सम्मान करिए एक दूसरे के प्रति आप लोगों ने कस्में खाई हैं जीने मरने की तो इधर उधर कहीं पर भी आप लोगों को जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है तो दर्शकों हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए कुछ उपाय आप लोगों को फटाफट बता देते हैं ये आप लोग यदि करते हैं तो निश्चित ही आपको जो है प्रेम संबंधों में और दांपत्य जीवन में सफलता मिलेगी सबसे पहले तो एक कपूर लेना रहेगा यदि आपके दांपत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण बना हुआ है तो एक कपूर लीजिए और रात भर उसको अपने सिरहाने रख के सो जाइए प्रातःकाल उठ कर के उसको आप लोग जला दीजिए दूसरा दर्शकों शुक्रवार वाले दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके मेल फीमेल दोनों फ्राइडे को ही करेंगे क्योंकि जो शुक्र होते हैं ये ऐश्वर्य के ये रोमांस के ये प्रेम के देवता होते हैं तो शुक्रवार वाले दिन गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद डालिए और फिर इसको ले जा करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना रहेगा तीसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं और इसको यदि आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिनसे भी आप प्यार करते हैं चाहे वो मेल हो जैसे मेल है तो मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल तो कोशिश कीजिएगा कि उनको एक केसर की डिब्बी आप लोग गिफ्ट जरूर करिए बृहस्पतिवार वाले दिन और जो केसर आप गिफ्ट करेंगे उस केसर का प्रयोग आपके जीवन साथी को किसी ना किसी रूप में खाने के रूप में करना रहेगा इससे उनका जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा करके देखिए बड़ा अच्छा ये लगेगा साथ ही साथ आप लोग पीले रंग के वस्त्र गिफ्ट कर सकते हैं सुगंधित चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं जिनसे आप लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं दर्शकों तो ये तो आपकी और उसको कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि हर एक हाउस के हिसाब अलग अलग होते हैं मतलब फर्स्ट हाउस का अलग उपाय है सेकेंड हाउस का अलग उपाय थर्ड का अलग है फोर्थ का अलग है फिफ्थ का अलग है तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखिए दर्शकों को देखना पड़ता है कोई एक चीज़ को देख करके कुंडली जजमेंट नहीं किया जाता है तो अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवा सकते हैं हमसे पर्सनली मिल सकते हैं हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं आपके प्रेम संबंध में जो भी बाधाएं आ आ रही हैं उनको मिल करके दूर कर सकते हैं उनका निराकरण कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए क्योंकि ये जो कमेंट रूपी बॉक्स है इसमें जय श्री राम का एक महासागर होना चाहिए और इतने कमेंट आ जाए कि देखने वाले भी चौक जाए कि हाँ जय श्री राम की ये गूंज चल रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल मिथुन राशि के जात को आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं प्रेम राशिफल ये आप लोग देख ही रहे हैं कैरियर राशिफल भी आप लोग देख सकते हैं साथ ही साथ मिथुन राशि के जात को आप लोगों को धन कमाने के लिए एक किस्मत की चा हमने बनाई हुई है वो हमारे चैनल में जा कर के देखें लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत अच्छे अच्छे उपाय उस वीडियो में बनाए हुए हैं तीन से चार मिनट का लगभग वो वीडियो है आप लोग उसको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ा है उसको भी आप लोग जा के देख सकते हैं जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं भविष्यवाणी करते हैं नाइन्टी का स्ट्राइक रेट चल रहा है आप लोग जाइए देख सकते हैं भागीरथ श्रृंखला जो लोग सक्सेज होते हैं हमारे चैनल पर आ करके जुड़ रहे हैं जो ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन होगा ये भी आप लोग देख सकते हैं प्लस शनि की ढैया आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है तो आप लोगों को बहुत सावधान भी रहना है तो इसलिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवाएं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम जरूर बताइएगा और 9 वर्ष की एक बार असीम शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हुए हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए इस बात के साथ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा बगल में वना बेलाइकन दबाया होगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम